सो हेलो एवरीबडी कैसे आप सब आई होप अच्छे ही होंगे मैं के संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं इस तो देख सकते हैं ये जो राइट में रास्ता जा रहा है ये राइट में ये जा रहा है पुराने पुल के लिए पुराने पुल से फिर हम पुरानी दिल्ली में निकल जाएंगे और इसी के लेफ्ट में ये निकल रहा है सीधा रास्ता आपको बता दूँ गांधीनगर होते हुए गीता कॉलोनी होते हुए और लक्ष्मी होते हुए ये निकलेगा अक्षरधाम के लिए देख सकते हैं और इसी के ऊपर ही डेली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है इसी रूट पर तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं डेली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कितना कुछ वर्क हो चुका है पैकेज बन पे तो देख सकते हैं यहां पर यह चौराया आ जाता है गांधीनगर का ये गांधीनगर मेरे लेफ्ट में है और अगर जैसे ही हम आगे चलेंगे तो गीता कॉलोनी आएगा तो आज मैं आप लोगों को इंटरटेन करने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिए गए हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए जो कि बीच के ये डिवाइडर हैं यहाँ से ये पेड़ काट के ऊपर थे फिर इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये जो बीच का डिवाइडर है ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और इसी के बीच में डेली डी देहरादून एक्सप्रेस के पिलर बनाए जाने हैं उस पर एलिवेटेड ये रास्ता बनाया जा है इस क्योंकि नीचे भन जलेंगे और ऊपर एलिवेटेड होगा ताकि इस पर हम पूरी दिल्ली को क्रॉस कर सकते हैं एलिवेटेड के थ्रू ताकि हमें जाम का सामना ना करना पड़े तो इसीलिए लिए ये सारा गांधी नगर है गाइस ये वाला जितना भी आप लोग देख रहे हैं ये गांधी नगर है और जैसे ही हम इसको गांधी नगर को क्रॉस करेंगे वैसे ही गीता कॉलोनी आ जाएगा तो आप लोगों को दिखा बता दें कि यहाँ से ये स्टार्ट हो है जो कंस्ट्रक्शन चलना स्टार्ट हो चुका है वो अब इस पर सेफ्टी बोर्ड लगाए जा रहे हैं और कहीं कहीं इस पर पाइलिंग मशीन लगी हुई है जो पाइल कर रही हैं और कहीं कहीं इनको पेड़ों को शिफ्ट किया जा रहा है तेज़ी के साथ में देख सकते ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिए गए हैं क्योंकि पेड़ों को हटाया जा रहा है ये जे द्वारा जो पेड़ों से यहाँ से उखाड़े जाएंगे पेड़ और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाएँगे क्योंकि इनकी ज़िंदगी भी बच जाएगी क्योंकि ये आगे फलने फूलने लग जाएंगे तो देख सकते हैं ये जेसीबी मशीन ये क्रहन मशीनें लगी हुई हैं और देख सकते हैं यहाँ पर दिन रात काम चलने लगा है देख सकते हैं ये डिवाइडर को तोड़ा जा रहा है तोड़ने के बाद में फिर इस पर पाइल किया जाएगा इसके बीच में ही तो अभी आपको बता दें ये पेड़ हटाए जा रहे हैं और देख सकते ये ट्रक खड़े हुए हैं देख सकते ये सेफ्टी बोर्ड लगे हुए हैं और देखिए ये पायल भी करने लगी हैं मशीनें इस पेड़ को छांटा जाएगा बिल्कुल छोटा किया जाएगा फिर इसको उखाड़ा जाएगा जे सी भी द्वारा और फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा दूसरी जगह यानी कि लगा दिया जाएगा दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हैं सेफ्टी बोर्ड लगा दिए जो कि पहले नहीं थे अब ये लगाए हैं कुछ दिन पहले ही और इन पर काम जोरों से चलना स्टार्ट हो गया है क्योंकि ये पूरा एलिवेटेड होने वाला है और आपको बता दूं कि ये एलिवेटेड होने वाला है दो पैकेज का यानि कि सत्रह सत्रह किलोमीटर का जो पार्ट है सत्रह किलोमीटर का पार्ट्स एलिवेट होने वाला है जो कि दिल्ली के अंदर आता है तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से क्योंकि दोनों साइड में बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक है क्योंकि ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिए गए हैं इस वजह देखिए पायल मसीन कर रही है उसके कंट्रस जो अंदर पायल के नीचे जो हॉल में जो आपको बता दूं जो ढांचा डाला जाता है यानी कि सरियों का जाल जो बना के डा जाला, डाला जाता है ज़मीन के अंदर यानी कि पाइल करने के बाद में वो देख सकते हैं किस तरीके से डाला जाता है आप सब अपनी आँखों से देखो देखो ये जाल है पूरा और ये डाला जा रहा है इसके ज़मीन के अंदर यानी कि अंदर चार हॉल किए जाएँगे और चार हॉल जाने के बाद में फिर उस पर एक पिलर ऊपर स्टैंड किया जाएगा तो देख सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ में एक पिलर को बनाया जाता है तस्वीरें आप लोग देख सकते हो देखो ये सारा ये मलबा हटाया जा रहा है मतलब पेड़ों को स्टैंड किया जा रहा है ये पेड़ों को यहाँ से हटाया जा रहा है ना काट काट के इन पेड़ों के ऊपर से काट दिया जाता है बिल्कुल और काटने के बाद फिर ये छोटे हो जाते हैं फिर इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है तो यही अभी पेड़ों को पेड़ों को काटने का काम चल रहा है और आगे आने वाला है गीता कॉलोनी का फ्लाई तो आपको बता दूंगा इस कि यही पेड़ स्टैंड करने का काम चल रहा है अभी और अभी यहाँ तक ये गीता कॉलोनी की ये रेड लाइट आ चुकी है देख सकते हैं और यहाँ तक ये गीता कॉलोनी स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर अभी कोई सेफ्टी बोर्ड नहीं लगे हैं कुछ भी नहीं हुआ है इधर की साइड में तो आगे देखते हैं चल के क्या क्या है कितना हो गया है और आपको बता दो अक्षरधाम के पास में ही ये ड्रेनेज सिस्टम बना दिया गया है ताकि नालियाँ बना दी गई हैं पानी निकलने चढ़ने के लिए और बाकी यहाँ पर इसके साइड सही सा जाएगा एलिवेटेड होगा या ये ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेगा वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा आगे जो वीडियो आने वाले हैं उनमें देखने के लिए मिलेगा दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो शेयर करो वीडियोस को और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे वीडियोस के पी आप लोगों के बीच में कंटिन्यू लाता रहता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि कहां कहां किस किस जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी हमारे एनसीआर में तो उसी से रिलेटेड के पी आप लोगों के बीच में वीडियोस बनाता रहता है और आप लोगों को दिखाता रहता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा के पी को सपोर्ट करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले टाइम में आप लोगों को क्वालिटी भी बेहतर करूंगा मैं और आपको ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा के को सपोर्ट करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि जब तक आप लोग मेरे से केपीसंत से जुड़ोगे नहीं तब तक केपीसंत आप सभी लोगों को छोड़ेगा नहीं ये तो मैं कन्फर्म आप लोगों को बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोगों को जोड़ना है के से और मैं वो जोड़ कर रहूँगा आप लोगों को चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े चाहे कैसा भी करूं कुछ भी करना पड़े लेकिन आप लोगों को, को मैं जोड़ कर रहूँगा अपने साथ में और जब तक आप लोग जोड़ोगे नहीं तब तक मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा सकता ऐसे समझो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मेरी हाथ जोड़ कर आप लोगों को तो रिक्वेस्ट है कि जो भी जैसे भी मैं कोशिश करके जैसे तैसे मैं आप लोगों के बीच में वीडियोस प्रोवाइड करा पाता हूं लेकिन मुझे ही पता है कि मैं किस तरीके से आप लोगों तक वीडियो पहुंचा पाता हूं वो मेरे दिल से पूछो मेरे जी से पूछो मेरे शरीर से पूछो वो मुझे ही पता है लेकिन आप लोग तो कमेंट करके भी नहीं बताते अगर आप लोग थोड़ा सा भी कमेंट करो तो मेरा हौसला बढ़ जाता है कि जो लोग मुझे पसंद करते हैं मुझे उन्होंने कमेंट किया है मुझे पसंद करते हैं मुझे और काम करने की हिम्मत मिलती है दोस्तों लेकिन बहुत से लोग पता नहीं उल्ट उल्टे सीदे, उल्टे सीधे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं मेरा हौसला अफजाई करते हैं तो वो चीज़ गलत है कि एक तो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है आप लोगों को दिखा रहा है आप लोगों को बता रहा है कि कौन सा रूट कहाँ से निकल रहा है क्या बनाया जा रहा है उस रूट पर कहाँ निकलता है वो सब लोग आप लोगों को के संत बताता है लेकिन आप लोग उसे क्या करते हो गाली गलौच देते हो उल्टा सीधा बोलते हो तो ये चीज़ बहुत गलत प्रभाव पड़ता है ऐसा मत किया करो दोस्तों मेरी आप लोगों का हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे तो मैं अच्छा से अच्छा काम करूंगा आप लोगों के बीच में रहूंगा आप लोगों को सपोर्ट करूंगा आप लोग पूछते किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हो जो मुझे पता होता मैं आप लोगों को कमेंट के थ्रू बता देता हूँ और आप लोगों का को कोई क्वेश्चन है कोई सुझाव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो के पी संत नाम है मेरा इंस्टाग्राम तैंतीस चौंतीस के पी संत तैंतीस चौंतीस मेरी आईडी है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो हमारे इंस्टाग्राम को और फेसबुक पेज भी है मेरा के पी संत के नाम से तो आप लोग वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो और ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ दोस्तों तो चल रहे हम गीता कलोनी क्रॉस कर चुके हैं हम और आप चल रहे हैं अक्षरधाम के लिए और दोस्तों आगे आने वाला है लक्ष्मी नगर का अंडरपास वो भी आप लोगों को देख ये जा रही है ब्लू लाइन यानी कि लक्ष्मी नगर के लिए लक्ष्मी नगर प्रीत बिहार निर्माण बिहार ये जगह आनंद बिहार के लिए निकल जाती है तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि ये हम नीचे उतर चुके हैं और नीचे अभी आके अंडरपास आएगा वो जा रहा है लक्ष्मी नगर के लिए और ऊपर से हम इस पर हम हो जाएंगे नोएडा के लिए अक्षरधाम के लिए कि यहाँ से रोड घूम रही है देख सकते हैं ये नीचे से उतर रहे हैं और ये आ रहे हैं आपको बता दूं कि ये आईटीओ की तरफ से बहन आ रहे हैं इस फ्लाई ओवर से राइट की तरफ से और लेफ़्ट की तरफ़ जा रहे हैं ये लक्ष्मी नगर की तरफ में और वहां से ही ये राइट में हो जाएगा नोएडा के लिए ग्रेटर नोएडा नोएडा के लिए गाइस देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें तो आपको बता दूँ देखो यहाँ से ये जो रूट जा रहा है एक तो ये रूट मेरे लेफ़्ट में चल रहा है ये जा रहा है लक्ष्मी नगर के लिए और ये लाइन जा रही है देखो ये लाइन है जो ये देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन है और ये आ गए यमुना बैंक पड़ेगा राइट में अभी ना थोड़ी सी दूर पर ही है यमुना बैंक और यहाँ से हम निकलते हुए जा रहे हैं अक्षरधाम के लिए तो देख लो ये लोकेशन है गाइस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जहाँ से मैंने पुरानी दिल्ली के पुल से स्टार्ट किया है और आज मैं आप लोगों को अक्षरधाम तक दिखाने वाला हूँ कि कितना कुछ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बर्क चल रहा है कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है कहाँ कहाँ पर शुरुआत की गई है और आगे आगे आगे भी आप लोगों को देखने वाले हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा के संत को सपोर्ट करो ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करो आप लोग कि के केपी संत से जुड़ सको ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट करके बताओ दोस्तों ज़्यादा से ज्यादा कमेंट और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहो के संत के चैनल पर के संत लाता रहता है आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों देख सकते हैं यह है अक्षरधाम का रेलवे ब्रिज रेलवे फ्लाई ओवर है गाइस, देख सकते हैं यहाँ से रेलवे जा रही है और ऊपर से ये रेड लाइन जा रही है जो कि यह जा रही है मयूर बिहार के लिए तस्वीर आप लोग देख सकते हो ये रेड लाइन है और आपको बता दी ये स्टेशन जो देख रहे हो आप ब्लू कलर का यह है अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन ये अक्षरधाम का मेट्रो स्टेशन आ जाता है जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे वाला जो फ्लाईवर आएगा वो आ जाएगा अक्षरधाम और नोएडा वाला मयूर बिहार वाला और वहां से अगर हम लेफ़्ट हो जाते हैं तो आ जाएगा डेली मेरठ एक्सप्रेस वे जो कि सोला लेन का बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे बनाया गया है एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस है ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है तो अभी हम आप लोगों को उसी पर ही ले चलने वाले हैं दोस्तों उसी पर आप लोगों को लेकर चलेंगे तो मेरे राइट में है अक्षरधाम टेंपल जो कि दिल्ली के अंदर आता है और हम लेफ़्ट में चलेंगे तो हम चलेंगे गाजियाबाद के लिए और दिल्ली मेरा एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो जाएंगे दोस्तों देख सकते हैं ये यू टर्न दिखा रहा है जो यहाँ से ये लाइन आ रही है यहाँ से जो मेट्रो चल रही है वो ऐसे समझ लो अक्षरधाम के मेट्रो स्टेशन को क्रॉस कर चुकी है अब ये जा रही है मयूर बिहार के लिए और यहाँ से देखिए सीधे चले जाते तो नोएडा के लिए निकल जाएंगे ग्रेटर नोएडा के लिए हमें हो चुके हैं लेफ्ट गाजियाबाद के लिए ये लिखा हुआ है देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें और यहाँ से अगर राइट में होते हैं तो यू टर्न ले लेंगे अक्षरधाम के साइड लोनी ये लक्ष्मी नगर की साइड में गीता कॉलोनी की साइड में गाई तो यहाँ से हम हो चुके लेफ्ट और ये आ चुका है सामने ही डेहली मेरठ एक्सप्रेस दोस्तों देख सकते हैं और यहीं तक का आज का ये वीडियो था और आप लोग हमें वीडियो बताना कि कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पिस को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं नीचे तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उस पर प्रेस कर देना तुरंत तो बेलाइकन पर जा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइज मिलते किसी नई वीडियो को